उसने पहाड़ो का क्या कहना के कि बारो महीने यहा मौसम जाड़ो का नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग ठीक ठाक हैं आज मैं बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ दोस्तों आज पहाड़ काफ़ी आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिस जिम्मेदारी सिर्फ ग्रामीणों की नहीं सिर्फ ग्राम प्रधान की नहीं सिर्फ वहाँ के निवासियों की नहीं बल्कि पूरे देश की कहीं ना कहीं जैसे वन कटान और बहुत सारी ऐसी गर्म देखें तो गाँव में आग लग जाती है जैसे कहीं जंगलों में आग लगना बहुत सारी ऐसी गांव में ऐसी बातें आती हैं बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा आज गांव का मुद्दा बेरोजगारी है क्योंकि देखो रोज़गार गवर्नमेंट रीजन नहीं करती है ऐसा कहना मुश्किल नहीं क्योंकि गवर्नमेंट सृजन करती है लेकिन वह रोज़गार कहीं ना कहीं एक प्रोसेस से होता है एक लंबी प्रोसेस से होता है जिससे कि एक गांव के निचले स्तर का आदमी उस योजना का लाभ नहीं उठा पाता है मैं बात उन लोगों की करना चाह रहा हूँ कि गांव में अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट भी लगभग लगभग अब गाँव से जुड़ चुका है दोस्तों और ख़ास बात यह है कि आज समाज में जो लोग उच्च स्तर पर पहुंचे हुए आ, लोगों तक पहुँचाना चाहता हूं क्षेत्र के उच्च अधिकारियों तक पहुँचाना चाहता हूं कि बागेश्वर जैसी जगह पर दो दो नदियां बह रही हैं वहां पर भी एक अच्छा सा मिनी प्लांट खोला जा सकता है लेकिन उसके लिए वहां की उच्च अधिकारी वहां के प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए इस पर एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए ताकि उस गांव से उस उस शहर से कोई भी मेरी तरह रोज़गार के लिए बाहर ना जाए तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को इतना शेयर करें कि वहाँ के जो अधिकारी हैं जो उस लेवल के उस तबके के अधिकारी हैं वो मेरी बात को समझे और बेरोज़गारों के लिए एक रोज़गार के साधन एक रोजगार के लिए प्लांट एक रोज़गार के उम्मीद या कुछ ऐसा जिससे कि वहाँ के बेरोजगार यहाँ सीटकुल में आठ हज़ार छः हज़ार की नौकरी ना करके वहाँ वहीं अपनी मेहनत और वो करें भले ही उन्हें सैलरी कम मिले लेकिन अपने घर के सामने अच्छी में अच्छी तरीके से वो प्रोसेस करें तो कहीं ना कहीं हमारा देश आगे जरूर आएगा तो दोस्तों आज मेरा यही बात करने का मन था तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें थैंक यू दोस्तों